आज की वीडियो है समय यात्रा टाइम ट्रेवल के बारे में दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौक जाएंगे और आज तक आपने जितनी भी एलियन यूएफओ जैसी कहानियाँ और घटनाओं के बारे में सुना और देखा होगा मेरी इस वीडियो के सामने बहुत सारी घटनाएँ फीकी लगेगी यह घटना एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति की है जो शायद एक दूसरे आयाम यानी कि हमारे ही ब्रह्मांड जैसा दिखने वाला दूसरा ब्रह्मांड से आया था बहुत सारे लोगों ने इस घटना के सत्य होने की पुष्टि की है यह मिस्टीरियस घटना एक रोजमर्रा की तरह सामान्य से दिन में और वह भी हजारों लोगों के बीच हैनाडा एयरपोर्ट टोक्यो में घटी और उस दिन से आज तक उस व्यक्ति का रहस्य सुलझ नहीं पाया और शायद ही कभी सुलझ पाएगा हैनाडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट टोक्यो जुलाई उन्नीस का एक सामान्य दिन था विमानों की आवाजाही चालू थी लोगों की आवाजाही से एयरपोर्ट पूरा व्यस्त था हर रोज की तरह वहां यूरोप से आया एक हवाई जहाज उतरा सारे यात्री कस्टम की तरफ बढ़ चले थे तभी कस्टम में उस मिस्टीरियस व्यक्ति का नंबर आया उसने कपड़े भी अच्छे से पहने हुए थे अधिकारियों ने उससे जापान आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह अपने बिजनेस ट्रिप पर आया है और इस बार जापान आया है पहले उसने फ्रेंच भाषा में बात करी फिर वह उन्हीं की ही जापानी भाषा में उनसे बात करने लगा तभी उसने अपना वॉलेट कस्टम अधिकारियों को खोलकर दिखाया जिसमें कई सारे यूरोपियन देशों की मुद्राएं थी वहां यह बताना चाहता था कि वह बिजनेस ट्रिप पर एक देश से दूसरे देश आता जाता रहता है अभी तक सब कुछ सामान्य सा लग रहा था तभी अधिकारियों ने उससे उसका पासपोर्ट मांगा जिससे कि उसके मूल देश का पता चल सके तभी से ही इस घटना ने अजीब सा रूप लेना शुरू कर दिया उसने बताया कि वह टॉर्ट देश से है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है अधिकारियों को लगा कि वह मजाक कर रहा है परंतु जब उसने अपना पासपोर्ट दिखाया तो सभी हैरान रह गए वह पासपोर्ट टॉर्ट देश द्वारा बनाया गया था एक ऐसा देश जो इस संसार में है ही नहीं अधिकारियों को लगा कि वह नकली पासपोर्ट है परंतु जब उन्होंने पासपोर्ट खोला तब उसके पासपोर्ट पर कई सारे देशों के पुराने वीजा लगे हुए थे जिसमें जापान का भी वीजा था उस पुराने वीजा की जांच की गई तो पता चला कि सारे वीजा स्टैम्प असली है यानी जिससे यह बात साबित हुई कि वह सच बोल रहा था उन्होंने पूछा कि वह कौन सी कंपनी से बिजनेस मीटिंग करने आया है तब उसने एक ऐसा नाम बताया कि जिस नाम की कोई कंपनी जापान में थी ही नहीं अब वह व्यक्ति और भी ज्यादा संदिग्ध होता जा रहा था तब अधिकारियों ने उससे और ज्यादा पूछताछ करनी शुरू कर दी उन्होंने उससे पूछा कि वह यहाँ किस होटल में रुकने आया है होटल का नाम और पता बताते हुए उसने अपना होटल रिजर्वेशन दिखाया और जिस बैंक खाते से उसने एडवांस में होटल में भुगतान किया था उसका चेक दिखाया मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि उस नाम का ना तो कोई होटल था और ना ही उस नाम की कोई बैंक कस्टम अधिकारियों ने उसे वर्ल्ड मैप दिखाया और पूछा कि उनका देश कहाँ है उसने अपने देश का नाम बताते हुए एक छोटे से देश इंडोरा की तरफ उंगली करी उसने अधिकारियों को कहा कि यह नक्शे पर गलत नाम छपा हुआ है इस देश का नाम इंडोरा नहीं दौड़ है जो हजारों साल से अस्तित्व में है वह व्यक्ति खुद बुरी तरह से यह सब देखकर घबराया हुआ था उस व्यक्ति को कस्टम ने अपने कब्जे में कर लिया और पास के ही एक होटल में ठहरा दिया और इधर अधिकारी उसकी जांच में लग गए उसके कमरे के बाहर दो इमिग्रेशन अधिकारियों को तैनात किया गया अगली सुबह एक ऐसी घटना हुई जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए दोस्तों अब आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की जानकारी मिलती रहे अगली सुबह जब अधिकारियों ने उस व्यक्ति के कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखते ही अधिकारी एकदम स्तब्ध रह गए वह व्यक्ति उस कमरे में था ही नहीं वह गायब हो चुका था कुछ लोगों का मानना था कि शायद वह खिड़की से भाग गया है पर रहस्यमय बात तो यह थी कि वह काफी ऊपर की मंजिल पर था और जिसके आसपास कोई उतरने का सहारा भी नहीं था और इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात थी कि खिड़की अंदर से बंद थी और बाहर दरवाजे पर इमिग्रेशन अधिकारी आखिर वह व्यक्ति गायब कैसे हुआ यह मामला और रहस्यमयी तब हो गया जब उसकी पासबुक चेकबुक ड्राइविंग लाइसेंस जो टॉर्ट देश के द्वारा जारी किए गए थे वह भी एयरपोर्ट के सुरक्षा कक्ष से गायब हो गए टोक्यो की स्थानीय पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों ने उस व्यक्ति को ढूंढने में दिन रात एक कर दिए लेकिन फिर कभी उस व्यक्ति का इस दुनिया में पता नहीं चल पाया उसके वीजा स्टैम्प की जानकारी से हर देश में उसकी खोज की गई लेकिन कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिला वह व्यक्ति आखिर था कौन यह एक रहस्य ही बनकर रह गया कुछ लोग मानते हैं कि शायद वह कोई संदिग्ध अपराधी या स्मगलर हो सकता है पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वह कोई अपराधी होता तो वह कस्टम अधिकारियों को अपना असली वीजा और पासपोर्ट क्यों दिखाता अगर वह चाहता तो वह किसी भी देश की नकली बीजा बना सकता था जिससे पुलिस उसे पकड़ ना सके कोई शोधकर्ता और विचारक जो सामान्यतः ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं उन सभी का यही मानना है कि वह गलती से किसी माध्यम से इस आयाम में आ गया था और जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ तो वह फिर से किसी तरीके से अपने आयाम में वापस चला गया आपको मैं यह बात बता दूं कि इस आधुनिक संसार में कुछ बहुत बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ता सामान्यतः ब्रह्मांड होने की बात मानते हैं सर्न के वैज्ञानिकों ने तो यह दावा किया है कि वह आने वाले समय में ब्लैक होल के द्वारा सामान्यतः ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं यदि इन वैज्ञानिक तथ्यों से परे हम हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो हमें कई ग्रंथों में सामान्यतः ब्रह्मांड का जिक्र मिलता है और आमतौर पर आपने हिंदू मैथोलॉजी में सुना होगा एक व्यक्ति के साथ जन्म होते हैं और इसी के अनुसार सात सामान्यतः ब्रह्मांड बताए गए हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या यह वाकई में सच है क्या सच में मानव समय यात्रा कर पाएगा कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें